तुम क्यों चले आते हो हर रोजन ख्वाबों में चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में तेरे ही